जप जी साहेब इको अंकार सतना करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद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 ये मिलन के बाद उनका पहला उद्घोष है पपिया ने पा लिया अपने प्यारे को प्यू प्यू की रटन पूरी हुई मिलन हो गया उस मिलन से जो पहला उद्घोष हुआ है वो जप जी इसलिए नानक की वाणी में जो मूल्य जप का है वो किसी और बात का नहीं जप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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए तुम्हारा खोजाना ही उसका होना है तुम जब तक हो तब तक वो ना हो पाएगा ही अड़चन हो ही दीवार हो तो ये जो नदी में खो जाने की कहानी है तुम्हें भी खोजाना पड़ेगा तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा तीन दिन लगते थे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 जाते समय भिक्षा पात्र होता है लौटते समय अपरंपार संपदा होती बांटने को जपजी जी पहली बह परमात्मा के सामने प्रकट होना प्यारे को पाल लेना इन्हें तुम बिल्कुल प्रतीक को बासागत रूप से सचमत समझ लेना क्योंकि कहीं कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओ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 उन्होंने अपने को जोड़ जोड़कर तोड़कर नहीं अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया और उस अखंड में एक ध्वनि पाई जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती वो अपने भीतर उसे गूंजते पाता है अपने बाहर गूंजते पाता है सब सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होते चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है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 कि दो दो मिलकर पांच नहीं होते दो दो मिलकर तीन नहीं होते, दो दो मिलकर चार होते ये गणित का सूत्र सत्य है लेकिन सत नहीं है क्योंकि ये मनुष्य का ही हिसाब है दिस इज ट्रू बट नॉट एग्जिस्टेंशियल दो दो मिलकर चार होते हैं ये मनुष्य की ही इजाद है ये सत्य तो है सच नहीं है सत नहीं है तुम सपना देखते हो रात सपना सत्य तो है सत्य नहीं है सपना है तो नहीं तो देखोगे कैसे होना तो है लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि सत्य है क्योंकि सुबह तुम पाते हो कि ना होने के बराबर लेकिन हुआ जरूर सपना घटा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 क्योंकि उसकी खोज संयुक्त है विज्ञान और कला द्वंद्व धर्म समन्वय सिंथेसिस है नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम वह एक ओंकार स्वरूप